का लाफिला शुक्र है कि उसने हम लोगों को इंसान बनाया इंसान बनाने के साथ साथ उसका लाफ लाफ शुक्र है कि उसने हम लोगों को ईमान वाला बनाया अब जब हमें ईमान वाला बनाया तो उसने अपने कुछ काम भी दिए आपल्ला वसलम ने भी कुछ तौर तरीके बतलाएं उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी काटना है तो ये देखो इस्लाम अपने मानने वालों को अच्छे अखिलाक इख्तियार करने की तालीम देता है और बुरे अख्लाक अपनाने से क्या करता है रोकता एक इंसान का अच्छे अखलाक और नेक सिपात वाला होना इस्लाम में बहुत पसंदीदा है अच्छे अखलाक बनाने पर हमारे माशरे में क्या होता है माहौल एक क्रिएट हो जाता है माशरा हमारा क्या हो जाता खुशगवार बन जाता है और लोग भी क्या करते है? दिन दिन तरक्की करते हैं तो अच्छे अखलाक की बहुत अहमियत और फजीलत बयान फरमाई ये चुनाच एक हदीस में है कि कयामत के दिन बंदे के तराजू में सबसे कीमती चीज अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी अखलाक इसी तरीके से एक और हदीस में है कि अच्छे अखलाक की वजह से एक मोमिन रोजा रखने वाला रात भर इबादत करने वाला और दूसरा वो इंसान जो जिसके अच्छे अखलाक है वो उसके दर्जे को आराम से पा लेता जो इबादत करने वाला और रोजा रखने वाला तो अखलाक की बहुत अहमियत है अच्छे अखलाक की बहुत अहमियत फैसला रखने वाले के बराबर हो जाता है देखिए अब हम समझे हमारे यहाँ हर कोई जानवर बना पड़ा कोई अच्छे अखलाक समझता ही नहीं कि हमारे अखलाक क्या है आज जो हमारे अखलाक नहीं है ना आज हमने समझ क्या रखा आज हमने यही समझ रखा है अपने इस्लाम को बस खाली हमारा इस्लाम है मस्जिद तक आना नमाज पढ़ना मस्जिद में पैसा लगाना मस्जिद को बनवाना दरगाहों पर जाना उर्सालियाँ और कब्रिस्तान में जाना बस खाली इसी को ही हमने इस्लाम समझ रखा है तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जवाल की कमी यही है कि उसने अपने मतलब इस्लाम को बस खाली इबादत तक ही महदूद रखा लेन देन बाद खिलाफी झूठ बोलना ये सब क्या है? इसको बहुत पीछे छोड़ दिया ये समझता है कि ये कोई ईमान है ही नहीं या कोई इस्लाम है ही नहीं तो मेरे भाई देखें आपके सामने अखलाक के अतबार से कुछ बातें होंगी यही सब कि एक अच्छा इंसान कैसे बन जाए तो सबसे पहली चीज़ है तबाजो अख्तियार करने से इंसान की इज्जत बढ़ती है देखो तो का मतलब है कि इंसान अपने आप को छोटा समझे दूसरों को हकालत की नजर से ना देखे हर वक्त अल्लाह ताला के सामने अपने तजिज होने का इजहार करे तो और आजी अल्लाह ताला को बहुत खुश करते हैं लोगों की नज़रों में उसे इतना बड़ा देते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला की तवाजो इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदी अदा फरमाते हैं बस वो अपनी निगाह में तो छोटा होता है लेकिन लोगों की दिलों पर हुकूमत करता है वो अपनी निगाह में छोटा होता है और आर्जी इंकिस करने से लेकिन दूसरों की नज़र में उसकी बहुत इज्जत होती है बहुत कदर होती है तो अब ये चीज़ हो गई कि इंसान तोज़ु इख्तियार करे दूसरी चीज़ है सच बोलने से ज़िंदगी के हर शबे में इंसान का किरदार अच्छा होता है देखो रसूल वसल्लम ने अपनी तालीमत में जिन अच्छे अखलाक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है उनमें से एक सच बोलना भी है सच बोलने की वजह से इंसान माशरे और सोसाइटी में कद्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता है हर जगह उसकी इज्जत होती है हर शख्स उस पर भरोसा करता अगर वो किसी के हक में गवाही भी दे देती तो गवाही अल्लाह के यहाँ में, में लाजिम पकड़ लो और हमेशा सच बोलो क्यूँकि सच बोलना नेक कामों का रास्ता दिखाता है और नक काम क्या करता है हमें जन्नत तक पहुँचा देते हैं और आदमी जब सच बोलता है सच्चाई को इख्तियार करता है तो वो अल्लाह के नजदीक सच्चा ले दिया जाता अब हमें इस हदीस से मालूम हुआ कि सच बोलने से आदमी का किरदार जिंदगी घर शोबे में भी अच्छा होता है जिसकी वजह से वो जन्नत का मुस्तक बन जाता है। अब तीसरी चीज है किसी से सेहद करो तो उसे पूरा करो ये भी चीज़ जरूरी है आजकल पता नहीं कितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं मतलब बदहदी हो रही है हर कोई वादा करता उसको तोड़ देता कोई मतलब देखो वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को तालीम दी कि जब भी कोई वादा करो तो उसको पूरा करो जब मक्का के बाजार में यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़रीद फरोख्त की बातचीत हुई तो वो यहूदी कहने लगा कि आप यहीं पर ठहरिए मैं थोड़ी देर में अभी आता तो आप सल अम्म वहाँ पर ठहरे रहे एक दिन हो गए दो दिन हो गए तीन दिन हो गए वो शख्स आया ही नहीं लौटकर तीसरे दिन जब आकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार में देखा तो वो हैरत में पड़ गया और कहा कि आप अपना वादा नहीं भूले बल्कि मैं भूल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन तक उस वादे को निभाने के लिए वहां पर खड़े लेकिन आज हमें से सोचे कितने लोग हैं जो वादा करते हैं तोड़ देते हैं वादा करते हैं तोड़ देते हैं तो मेरे भाई अगर दुनिया में इंसान को देखो एक दूसरे से लेन देन की जरूरत पड़ती पड़ती है इसलिए लेन देन में अक्सर क्या होते हैं हम लोग वादे निभादे करते हैं वादा करने की कहीं नौबत आ जाती है इसलिए इस्लाम ने ता, बड़ी ताक़ीत के साथ इस तरह के अहद और वादे को पूरा करने का हुक्म दियान करीन में अल्लाह तरमाते हैं कि जो भी अहद करो यकीन जानो के अहद के बारे में तुमसे क्यामत के दिन सवाल होगा मतलब जो भी आप वादा कर रहे हैं और वादे को पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन इसके बारे में सवाल भी करेंगे कयामत के दिन इसके बारे में भी होगी। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों में किए हुए को पूरा करो लेकिन अफसोस आज ये है कि आज हमारे में इसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी लिहाजा जब भी हम किसी से कोई वादा करें तो उसे पूरा करने की कोशिश करें देखो मोमिन की शान ये है कि वादे को निभाना वादे की खिलाफ नहीं करना है ये दूसरे लोगों का काम है तो तीसरी चीज़ समझ में आ गई अच्छे अखलाक इंसान मतलब अच्छा इंसान कौन सा हो सकता है वो यही है कि किसी से अहद करे तो उस वादे को पूरा करे देखो हमारे सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ से इस्लाम फैला ना वो किसी तलवार की जोर में नहीं फैला वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे अखलाक की बुनियाद पर ही क्या हुआ फैला तो जब वो यहूदी ने तीन दिन तक आप सल्ला व्ल्लम का मतलब वादा नहीं निभा पाया तो जब उसने तीसरे दिन आकर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर खड़े हैं तो उसने मुसलमान हो गए वो इसी चीज को देखकर कि कितनी अच्छी चीज़ है लेकिन आज हम में से कोई हमारे मतलब किरदार को देख सक देख करके अखलाक को देख करके कोई दूसरा जो है ना मतलब गैर मुस्लिम कोई हमें से कोई अबिरत हासिल कर सकता बता सकता कि ये एक अच्छे काम है कुछ नहीं ना आज जो हम लोग चल रहे हैं बस वैसे ही चल रहा है भाई जरूरत है इस बात की कि एक अच्छा इंसान बनाया जाए अपने अच्छे अखलाक करे जाए अपने किरदार अच्छे करे जाए ताकि हम लोगों के दिलों पर हुकूमत कर हुए इतना बड़ा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया सहाबा ने कर दिया बुजुर्गों ने कर दिया कि इतने जंदात जंदाद लोग थे उनके दिलों पर हुकूमत करनी सिर्फ इस अखलाक की वजह से और इस्लाम को फैलाया इस अखलाक की वजह से तो चौथी चीज हम बता रहे हैं अमानतदारी की वजह से रोजी में बढ़ोतरी होती है देखो किसी ने